फाइनली शी हल का ऑफिशियल रेलर आ चुका है और जिस हिसाब से मार्बल और ने इस सीरीज में शी हल को हल्क से बेहतर दिखाने की कोशिश की है मुझे नहीं लगता कि हल्क के कट्टर फैंस इन्हें माफ भी करेंगे <coughs> मजाक कर रहा हूँ मजाक से सेलर में हमें काफी अच्छे डिटेल्स देखने को मिली है जैसे की शीहल का फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बात करना अबोमिनेशन का नमस्ते बोलना वांग भैया का एंट्री मार के बुक ऑफ शांति का ज्ञान पेल वैसे जब से सुप्रीम बने हैं, मारोल के हर मूवी सीरीज में इन्हीं के हैं। बात तो सही है और फाइनली इस ट्रेलर का एंड होता है हमारे लॉयर एके डेयर डेविल के एंट्री के साथ वो भी उसके कॉमिक बुक एक्यूरेट रेड एंड येल्लो कॉस्ट्यूम में इस शो को लेकर मेरे रिव्यू तो पॉजिटिव है आप मुझे कमेंट बताओ की आप इस शो को देखोगे